है या सुंदर के जो गीप में Maini pati ki na bo ki mujhe tu tu bo dia tu yaar, mere hi, yeh hi mujhe tu yaar, tu yaar. Be it in the misty hills, in the green fields of Ireland.